छतरपुर के एक होटल में युवती के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है इस अपराध में एक महिला भी शामिल है पीड़ित युवती ने थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है मामला सिविल लाइन थाने के बिजावर रोड का है जहां रिटायर्ड डीएसपी एस रमेश चंद्र गुप्ता के रॉयल होटल में एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया वही इस अपराध में एक महिला भी शामिल है घटना के बाद पीड़िता ने थाने पहुँच इसकी शिकायत दर्ज कराई पुलिस ने पीड़ित युवती की शिकायत आरोप एक महिला सहित दो अन्य युवकों आरोप गैंगरेप का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है एक थाना में के द्वारा से साथ दो लड़को ने गिरफ्तार किया था और इसमें एक महिला भी दिया था। ने भी की जा चुकी है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें